से अभी भी पता चला है कि आईओ का रिलीज का इंतजार करते करते जनता हो गई मुस्त अबे यार भाई आईओ पे गेम कब आएगा थोड़े से चैट पढ़ लेते हैं आ... अभी लेकिन ये क्या है भाई जहां देखो वहां हर जगह आईओ एस आयो चल रहा है क्या ये चैट में क्या चल रहा है भाई ये सब आईओ आईओ एस आईओ एस आईओ एस आ रहा क्या आयो इसमें आयो एस अबे कब आएगा विषय क्या है कंटा आएगा जिंदगी का आयो एस आयो आयो आयो चल खेलते तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब गेम में भी लॉन्च हो चुका है अब आई में बचाएंगे तो गायल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ चुका है आईओ पर तो जल्दी से फटफट -फट जाके डाउनलोड कर लीजिए सी ऑन आईओ